पुलिस ने कांग्रेस नेता समेत तीन लोगों को शराब तस्करी में गिरफ्तार किया है आरोपी लग्जरी कार से अवैध शराब की तस्करी कई वर्षों से कर रहे हैं पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों पकड़कर आपकारी एक्ट के तहत जेल भेज दिया है वो अपने आ रहा था। पुलिस ने उसे रास्ते में ही रंगे हाथों पकड़ लिया गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लग्जरी कार और पांच लाख रुपए की शराब बरामद की है शराब तस्करी का यह काम आरोपी कई वर्षो से कर रहा है लेकिन राजनीतिक सपोर्ट में मिलने की वजह से अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी और शकील खान अल्पसंख्यक कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष भी है इस मामले में डिंडोरी एस डी ओ पी ने बताया की घेराबंदी करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जैसा की अभी आप सभी जानते हैं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और अधीक्षक महोदय के निर्देशों में जोध माधव पर इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु तो निर्देशित किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है इसी के क्रम में कल रात जो सिटी कोतपाली पुलिस है उसको मुंबई के द्वारा सूचना मिली थी कि जबलपुर से एक वाहन जिसका वाहन नंबर एम पी ट्वेंटी सी है उसमें अवैध रूप से शराब डोरी में विक्रय हेतु आ रही है जिसमें हमारा जो स्टाफ है एएसआई एस सुधीर पटेल एएसआई एस आई विपिन जोशी ए राकेश यादव और दीपक वीके इन लोगों ने मिलकर मंडी करके उस गाड़ी को पकड़ा और जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि उसमें लगभग नौ पेटी जो है वो शराब जिसकी कीमत लगभग पचास हजार रुपए रखी हुई थी आगे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया की यहाँ पे ये बिक्री हेतु लाई गई थी डंडोरी में वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है